एक स्कूल से जुड़ी बात है अगर थोड़ा वक्त हो तो सुन लेना कि जिंदगी में भी पढ़ने लगी थी धूल जब से उन पड़ी किताबों में पढ़ रही थी धूल कि जिंदगी में भी पढ़ने लगी थी, जब से उन किताबों में पढ़ रही थी और स्कूल से बिछड़ने के बाद चैन की नींद आएगी ऐसा सोचा था हमने पर यह तो थी एक नासमझ अच्छे की भूल